तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये जून 2021 ट्वेंटी वन तक ये सिलेबस एप्लीकेबल है और इसके अंदर आपको एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि एफआर और एसबीआर में क्या चीज सिमिलर है क्या चीज डिफरेंट है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको जो डिससिमिलर एलिमेंट है वो हाईलाइट कर रहा हूँ आई ए एस नाइनटीन एम्प्लॉ ब जो के में नहीं था, ठीक है? थाउंटिंग जो पहली SBR में standards आ रहे होंगे, obviously उनकी ज़्यादा होगी, ठीक है? अच्छा जी, second standard जो पहली मरतबा एग्जामिनेबल हो रहा है वो है रिलेटेड पार्टी 24। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कभी कबार कभी सदियों में आता है ये कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी सदियों में आता है इसकी भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शेयर बेस्ड पेमेंट ये फ्रीक्वेंटली आता है आईएस 19 नाइनटीन ये फ्रीकुंटली आता है ठीक है अच्छा, ऑपरेटिंग सेगमेंट ये भी कभी कभार कभी चार पांच मार्क्स का हल्का फुल्का आ जाता है कोई खास सिग्निफिकेंट नहीं ज्वाइंट अरेन्जमेंट नया टॉपिक कॉन्सोलिडेशन में कवर होता है ये, in ये भी consolidation में आई होता है। एस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज ये न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एस सच इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है तो अब जो मैंने जो नए की है ना, उसमें से जो काम के है ना आपके, वो सिर्फ दो है. IS 19, Employee Benefit, 24. ये मैंने किया, और शेयर बेस्ड पेमेंट आई एफ आर अब आप बोलोगे यार में फिर इंपॉर्टेंट क्या है तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो एफ आर में भी थे लेकिन वो एस में और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मसलन उनको भी मैं हाईलाइट करता हूं आई 12 इनकम टैक्स और फर्दर डिटेल के अंदर आ जाएगा ये ओके वेरी आईएस 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट रीवैल्युएशन डेप्रीसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट ये तो एफ थ्री एफ थ्री के जमाने से पढ़ते हुए आ रहे हो अच्छा जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एफआर में भी इंपॉर्टेंट था यहाँ भी इंपॉर्टेंट है यहाँ बहुत डिटेल में है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है आईएफआरएस 9 आर मोस्ट नाइन इंपॉर्टेंट ओके सही है ये भी आ गया उसके बाद आईएफआरएस 15 आर रेवेन्यू रिक्निशन वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके बाद लीज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जी अच्छा अब इसके अलावा आप देखें तो आईएस 37 प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज कंटीजेंट एसेट वही सेम एफ में था यहां और इंपॉर्टेंट हो गया इंपेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हुए हैं ना पहले याद आ रहे हैं कुछ जी जी बिल्कुल इंटेनजिब आई एस थर्टी एट वेरी इंपॉर्टेंट इसके अलावा आई एफ आर एस फाइव नॉन करंट एसेड हेल्थ फॉर डिस एंड डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन अगेन इंपॉर्टेंट सही है जी फेयर वैल्यू मेजरमेंट इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ये मिला जुला के अगर आप इस स्टैंडर्ड्स को काउंट कर लेना हाईलाइट कर ली तो आपके पास ये की स्टैंडर्ड्स बनते हैं मैं अलग से आपको डिटेल बता दूंगा कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से सेकंड नंबर पाएंगे कौन से थर्ड नंबर पर आएंगे ठीक है ठीक है अच्छा इसके अलावा आपके पास सिलेबस के अंदर दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स और हैं। एक कहलाते हैं आईएफआरएस प्रैक्टिस स्टेटमेंट क्या होते हैं एक्सपोज़र ड्राफ्ट इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना ये आई एस या आई एफ आर एस नहीं होते ये आप समझ लें अमेंडमेंट होती है किसी भी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर और करंट इश्यूज के नाम से इस पे सवाल बनते हैं तो इसके अंदर एक करंट इशू जो है वो ईडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन के ऊपर है एक करंट इशू जो है वो डेफ टैक्स के ऊपर है एक करंट इशू जो है वो आईएस एस एट की एमेंडमेंट्स पर है और एक डिस्कशन पेपर चल रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विटी के ऊपर जो कि हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है ऑफिशियल सिलेबस डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया बा, बाकी ये चीजें यूके वाली है यूके और एसबीआर का कंपैरिजन है ये रेलिवेंट नहीं है ये पहला और दूसरा पेज इसका रेलिवेंट होगा अच्छा भाई इसके बाद ACCA का एक डॉक्यूमेंट है कि SBR को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ती तो उसकी कुछ चीजें मैं बताता हूँ और उसके साथ साथ हम जरा थोड़ा सा एक चीज मैं आपको और आपके साथ शेयर करता हूँ एक पास पेपर ताकि आपको यह आइडिया हो जाए कि एस का पेपर पैटर्न क्या है अच्छा अब एस कई मुल्कों के अंदर कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है कई मुल्कों के अंदर जो एस है आपका वो मैनुअल हो रहा है हमारे यहाँ दिसंबर में क्या होता है कोविड नाइन्टीन चलता रहा तो कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा और अगर कोविड-19 खत्म हो गया तो शायद इसे बुला जाए मैनुअल एग्जाम भी ले लें यू नेवर नो तो कंप्यूटर बेस्ड वाला सिस्टम मेरा चेंज हो गया था नौ तो बच्चे था तो मैं कल उसे वो था एक्सेप्ट नहीं कर पाए होंगे तो शायद उसे सीधे शायद फेल हूं तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं ये टू नहीं थे इतना मैं या अवेलेबल था नहीं ठीक है जी एस बी आर का पेपर है एस बी आर में दो सेक्शन होते हैं सेक्शन ए भी कंपलसरी है और सेक्शन बी भी कंपल्सरी सेक्शन ए तो में दो सवाल होते हैं सेक्शन बी में भी दो सवाल होते हैं यानी कि आपके पास थ्री आवर्स के अंदर दो क्वेश्चन सेक्शन बी के और दो सेक्शन आपके दो क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में और दो बी में अब अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जो पहला सवाल आता है आपके पास सेक्शन ए का तीस नंबर का सवाल होता है और ये जो सवाल होता है ये मोस्टली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। लेकिन अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पूरा तीस नंबर का कंसोलिडेशन आएगा hmm. और पूरा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने आएगी ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अब ज्यादातर एग्जामिनर जो ना उसको तोड़ के चीजें पूछता है जैसे गुडविल बता दो एनसीआई बता दो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता दो इस तरह से पार्ट क्वेश्चन होते हैं अब यू कैन सी दैट के एक पार्ट दिया हुआ है पांच मार्क्स का फिर चार मार्क्स का फिर छह मार्क्स का फिर चार मार्क्स का, का और फिर आखिर में उसने बॉन्ड की कैलकुलेशन का इंपैक्ट पूछ लिया है और उसकी इंपेयरमेंट पूछ लिया आईएफआरएस 9 डाल दिया उसने 11 नंबर नंबर का सवाल क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था भी थोड़ी देर पहले कॉन्सोलिडेशन right? तो और जैसे इंपेयरमेंट ऑफ बॉन्ड दिया इंपेयरमेंट ऑफ बॉन्ड आर एस नाइन में कवर होता फिर सेक्शन ए का जो दूसरा सवाल होता है ना वो ज्यादातर एथिक्स को बनाया जाता है और उसमें दूसरे स्टैंडर्ड्स भी आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल उसने सवाल में रीस्ट्रक्चरिंग का पूछा अब तुम्हें याद हो तो रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चरिंग आई में कवर होता है और देखो पार्ट थ्री में उसने आई एस का पूछा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और पांच नंबर के लिए उसने एथिकल इशू पूछ लिया एथिकल इशू दस नंबर का भी हो सकता है तो ये स्टैंडर्ड है कि पहला सवाल तीस नंबर का आएगा ज्यादातर कंसोलिडेशन पे बेस कर रहा होगा और दूसरा सवाल मिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स होंगे जिसमें एथिक्स ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर होगा सेक्शन ए पचास मार्क्स का ना वो फुल ऑफ स्टैंडर्ड्स का सवाल होंगे और उसमें करंट इश्यूज भी होंगे लेकिन मल्टीपल स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे मल्टीपल स्टैंडर्ड्स एक सवाल के अंदर एक स्टैंडर्ड ही होगा मल्टीपल स्टैंडर्ड्स स्टैंड जैसे फॉर एग्जांपल ये जो तीसरा सवाल है इसके अंदर उसने लीज़ेस पूछा हेल्ड फॉर सेल आई फॉर फाइव पूछा mm -hmm. लीज़ेस पूछ लिया सही है राइट सी बात आ रही है इंटेंजिबल एसिड पूछ लिया सही है और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट पूछ लिया तो आई फार एस फाइव आई एस सेवन आई फार एस सोलह आई पच्चीस नंबर का मिक्स ऑफ स्टैंडर्ड बना ले फिर जो लास्ट सवाल है वो भी पच्चीस नंबर पे आएगा और वो लास्ट सवाल में वो नॉर्मली करंट इश्यूज डालता है या नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इश्यूज डालता है जो कि टफ होते हैं थोड़ा बहुत और दूसरे स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जैसे आईएस आईएस आईएस आईएस 19 19 पूछ लिया इसने IS 19, IS 37 का एक मिक्स पूछ लिया सवाल सवाल के के अंदर अंदर ये आईएस 19 का एक मेजर पार्ट उसने पे सवाल के अंदर कवर ठीक ते तो है वो तो मेरे लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है आ रही है एग्जाम तो पास करने के लिए ना एक प्री और वो प्री रिक्वेड ये है कि आपके पास एफआर की नॉलेज होनी चाहिए तो एफआर में भी खास तौर पर आपके पास कंसोलिडेशन की बिल्कुल होनी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं गुडविल सीआई, रिटेन अर्निंग इंटर ग्रुप की एडजस्टमेंट्स। उसके बाद जो की स्टैंडर्ड है उसमें मैं बताता जा रहा हूँ आप की स्टैंडर्ड्स नोट करते जाए तो जो की स्टैंडर्ड्स हमारे पास है उसमें डेफर टैक्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड जो एफआर में है जो आपको दोबारा अच्छा डेफर टैक्स के साथ आईएस 37 37 प्रोविजंस। देखेगा उसके बाद आता है आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड आई एफ आर एस फाइव हेल्ड फॉर सेल आई एफ आर एस पंद्रह रेवेन्यू और आई एफ करने होंगे सोलर के अंदर जो आप मुझे जी मुझे सारे लाजवा नहीं करने क्योंकि आप मुझे कर रहे उसी को स्ट्रॉन्ग कर लूंगा क्योंकि हर चीज नहीं आती है जैसे आई 2 टू है सही है तो है लेकिन जरूरी नहीं है कि examiner इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता तो इन्वेंट्री को तो आप वैसे रीड कर लो एक दफा एक्सटेंसिवली एक्सटेंसिवली देखने की जरूरत नहीं है आप देखें, देखें।, देखें।, देखें। पेपर के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो पेपर आपका इंटायरली न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है पेपर क्या है पेपर ये है कि यू शुड नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स क्या है और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स को आपको सिनेरियो पे अप्लाई करना होता है बिल्कुल, बिल्कुल। तो होता होता क्या है? होता क्या है? है? जब एक एक एग्जामिनर पार्ट क्वेश्चन सवाल क्रिएट किया कंपनी ने एक बॉन्ड खरीदा और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि बॉन्ड होल्डर की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगी और एट दैट इंडिकेट्स इम्पेयरमेंट उसके बारे में उसने आपको कोई चीजें बता दी तो जब एग्जामिनर कहेगा ना डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आपको दो चीजें करनी है एक तो आपको सिनेरियो से रिलेटेड पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का का पता होना चाहिए आईएस 32 39 आईएफआरएस 9 क्या कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो तो पहले तो आप उसको बताएंगे रूल क्या है hmm. और रूल बताने के बाद जो उसकी इम्प्लीकेशन होगी कैलकुलेशन में अकाउंटिंग एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट आएगा वो दूसरी चीज है hmm. तो आपको सिनेरियो पढ़ के ना रेलेवेंट स्टैंडर्ड पिक करना पड़ेगा मसला किस चीज है अगर आप मसला तो ही तो नहीं पकड़ पाएर्ड हाँ अगर आप ये मसला ही नहीं पकड़ पाए तो थ्योरी गलत लिख देंगे तो मसला तो पकड़ना बहुत तो जरूरी है सही है अच्छा अब ये जो ये जो पेज यहाँ पे दिया हुआ है ना जो आर्टिकल है जो पेज है ये एग्जामिनर टीम का लिखा हुआ इसके अंदर काफी यूजफुल चीजें उन्होंने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू दी हुई है कि पेपर पास करने के लिए आपको क्या करना चाहिए स्टूडेंट इसकी एडवाइस को फॉलो नहीं करते सही है लेकिन कर लिया जाए तो वेरी गुड तो अगर okay. हम पहली पहली चीज की तरफ चलें हाउ टू अप्रोच दी दी हाउ अप्रोच दटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एग्जाम एसबीआर हैज अ वाइड वाइड सिलेबस व्हिच इंक्लूड मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सम फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग (F.R.) आर एंड अदर इन एस बी आर ये मैंने तो अभी मैं सिलेबस से प्रूव करके दिखा दी है कुछ पुराने स्टैंडर्ड है कुछ नए स्टैंडर्ड ठीक है उसके अलावा करंट इशूज आते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट और नेरेटिव रिपोर्टिंग के बारे में पूछा जाता है सही है क्वेश्चन आपसे एक सिंगल कंपनी के बारे में भी पूछे जा सकते हैं ग्रुप के बारे में भी पूछे जा सकते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में भी पूछे जा सकते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में भी पूछे जा सकते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की एंटिटी पे सवाल आ सकता है ठीक है ठीक है अच्छा जी अब अगर आप इसकी एडवाइस लें एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट ट्यूटर मेक यूज ऑफ एसी रिसोर्सिस एसीसी की वेबसाइट के ऊपर टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं ठीक है वो टेक्निकल आर्टिकल वो टेक्निकल आर्टिकल रीड लाज़मी करने ना मैंने तुम्हें याद है f9 के अंदर दिए हुए थे क्लास में पढ़ाई भी थी याद है ना जी जी बिल्कुल यार तो वो टेक्निकल आर्टिकल आपकी बात है ठीक है कि वो मैंने पढ़े नहीं थे वो अलग इशू है नजर आ रहे हैं टेक्निकल आर्टिकल एसीसी ग्लोबल जी जी अब मैं अगर टेक्निकल आर्टिकल एसबीआर के देखूं तो यहाँ पर मुझे जैसे फॉर एग्जांपल डेफर टैक्स का टेक्निकल आर्टिकल तो अब डेफर टैक्स का ये टेक्निकल आर्टिकल जरूरी है बहुत पढ़ना ना कि डेफर टैक्स में क्या है तो उसने बेसिक बताया हुआ है फिर उसने डेफर टैक्स में एफ का बताया कि एफ में आपने डेफर टैक्स क्या पढ़ा था फिर उसने डेफर टैक्स में एस की एडिशनल चीजें कि एसबीआर के अंदर एडिशनल चीजें क्या होंगी अभी काफी तवील आर्टिकल है लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाए तो ये जो रिसोर्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है अच्छा दूसरी चीज रियल लाइफ रीडिंग ये तो पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट नहीं करते हैं कर है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता रियल लाइफ रीडिंग का मतलब होता है कि आप पीएसओ की एप्लीकेशन उसको, उसको चेक करें ये तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है कवर द सिलेबस वाइडली पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें एस में ये भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो हम इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे फोकस पहले करते हैं किट की प्रैक्टिस पास पेपर की प्रैक्टिस एक सवाल सॉल्व करने बहुत जरूरी है सिर्फ कैलकुलेशन जरूरी नहीं है कि आपने कंसोलिडेशन के 25 सवाल कर लिए आपको आई लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है और आंसर लिखना कैसे उसकी प्लानिंग और राइटिंग का तरीका ठीक है अच्छा आपके पास जो रिसोर्सेज मौजूद है वो रिसोर्सिसने यहाँ पे हाइलाइट किए हुए हैं कौन कौन से रिसोर्स हैं? एस की एक आपके पास स्टडी गाइड है जिसके अंदर उसने ये बताया हुआ है कि जी एस के अंदर सिलेबस में क्या है एग्जामिनर अप्रोच आर्टिकल एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अप्रोच रिकमेंडेड अप्रोच हाउ टू अर्न प्रोफेस टेक्निकल आर्टिकल्स हैं ठीक है एग्जामिनर की रिपोर्ट रीड द माइंड ऑफ द मेपर एंड डी ब्रीफ वगैरह जितना आप इन रिसोर्स को यूज़ करेंगे उतना आपके लिए चीजें अच्छी हो जाती हैं, आसान हो जाती है ठीक है अच्छा राइटिंग अ गुड आंसर डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोफेशनलिजम प्लान योर आंसर यूज हेडिंग इन शॉर्ट पैराग्राफ्स कंसिडर आप किसके लिए आंसर कर रहे हैं Who is your stakeholder? होल्डर शेयर होल्डर है डायरेक्टर्स हैं किसके किसको आप एडवाइस दे रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ठीक है तो ये एक छोटी सी एग्जामिनेशन टिप है आपके पास अब एक और डॉक्यूमेंट है अनदर डॉक्यूमेंट अच्छा ये देखें आप लिंकेज जो बनता है एस का तो एस का जो लिंकेज बनता है वो बनता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक पेपर फिर उसका एडवांस पेपर और उसके बाद एस उसका एडवांस पेपर ये लिंकेज बनता है क्या बेसिक से क्या क्या पढ़ते हैं बाहर अच्छा फिर आपने तो so, के पड़ा हुआ होता है उसके अंदर एक चीज आपने पड़ी हुई तो बार-बार और conceptual framework की चीजें भी SBR के अंदर आ जाती हैं, तो आपको एक clear होना चाहिए आई एस बी का जो फ्रेमवर्क है बेसिकली वो है क्या उसकी एप्लीकेशन क्या है जैसे इन SBR, you may also be required to apply basic principle of accounting concept to transaction events that an existing standard do not cover this type of question requires a good knowledge of framework to agar framework achhi tarah se cover nahi hoga to baadab aapko framework apply karne mein problem aati acha isi tarah inhone yaha pe bataya hua hai ki accounting for transaction in the financial statement फॉर एग्जाम्पल लीज की एग्जाम्पल दी हुई बताया है कि उसने नए स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाए हैं जैसे पेंशन आई एस नाइनटीन शेयर बेस पेमेंट आई फॉर टू 11 सही है सही है अच्छा फिर जैसे एफ7 में एक इंटरप्रिटेशन वाला इशू होता था एनालाइजिंग एन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वहां लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे लेकिन hmm. यहां पर सवाल आ सकता है लेकिन वैसा सवाल नहीं आता डिफरेंट तरीके से सवाल आता है अच्छा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ग्रुप अकाउंटिंग अच्छा अच्छा अच्छा जी उसके अंदर एफआर के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन का भी कुछ हमने केस पढ़ा था आईएफआरएस 15 रेवेन्यू रिकग्निशन ठीक हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक सही तो ग्रुप ग्रुप ग्रुप ग्रुप अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो ना अकाउंटिंग, का एक बहुत बड़ा पोर्शन है दुण। दुण। अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में काफी टाइम लगता है अब 30 नंबर में से वो कितने नंबर की ग्रुप अकाउंटिंग पूछेगा पंद्रह की पूछ ले बीस की पूछ ले पच्चीस की भी पूछ लेता आपकी किस्मत पर डिपेंड कर लेकिन जो ग्रुप अकाउंटिंग हम करते हैं नॉर्मली जो ग्रुप अकाउंटिंग हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर होता क्या है अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दू ग्रुप अकाउंटिंग का तो नॉर्मली क्या होता है कि जो F7 की ग्रुप अकाउंटिंग होती है ना ये उसके अंदर अगर हम एडिशन करें तो वहां पर सिंगल सब्सिडरी आती थी यहां क्या होता है कि यहां पर आपके पास टू और मोर सब्सिडरीज आ सकती हैं। बस था आ, ये कह कि उसके अंदर आई एस नाइनटीन के अंदर बिल्कुल ये की थी तो मैं, मैं बोल रहा था कि एसोसिएट्स के अंदर कोई कोई मतलब वर्किंग हैं तो नहीं थी ज्वाइंट अरेन्जमेंट ज्वाइंट वेंचर एक नया एरिया है जो की आपको पढ़ना है और फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है सब सब्सिड्री का यानी सब्सिडरी की भी सब सब्सिडरी जो तुमने एफ सिक्स में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट जो कि हमने इस तरह से पढ़ा था एफ सिक्स के अंदर के ए ने बी को एक्वायर किया एटी परसेंट शेयर्स फिर बी ने सी को एक्वायर किया सेवेंटी परसेंट शेयर्स तो सी अ सब सब्सिडरी कंपनी इसको कहा जाता है कम कॉम्प्लेक्स ग्रुप नहीं? अच्छा इसी तरह, इसी तरह तरह स्टेप एक टॉपिक आता है जिसके अंदर हम अंदर हम सब्सिडरी को स्टेजेस के खरीदते हैं जैसे पहले एसोसिएट बना फिर सब्सिडरी बन गई इसी तरह दफा एक टॉपिक आ जाता है कि हम सब्सिडरी को बेच देते हैं डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी तो चेक करो कितना एक्सटेंसिव टॉपिक है और इसी तरह इसके अंदर फॉरेन सब्सिडरी आ जाती है फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट आ जाती है हाउ टू डील फॉरेन सब्सिड्री उसके अंदर स्पेसिफिकली स्पेसिफिक आई एस ट्वेंटी वन फॉरेन एक्सचेंज और एक लास्ट टॉपिक कंसोलिडेशन का कंसोलिडेटेड कैश फ्लो जो कि एफ में सिंपल कैश फ्लो था यहां आता है Cash flows. तो ये स्पेसिफिकली जो मैंने बताया ना ये कंसोलिडेशन में चेंजेस हैं hey. अब जब 30 नंबर की वेटेज है और कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं सात या आठ जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है तो प्राइमरी फोकस ग्रुप अकाउंटिंग पे होना चाहिए hey. और अगर हम बहुत हाईली फोकस पे बात करें कि यार सर ये बताएंगे सिलेबस में सबसे ज़्यादा मुझे फोकस किसपे करना है सीक्वेंस क्या होना चाहिए तो हम इस तरह से चलेंगे जो ये डिसाइड करेगा कि यार ये जो एरिया है ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और ये एरिया नया भी है ये मैंने फिकेंट एरिया यहाँ पर आपका लिखा है ये तो आपको स्टैंडर्ड घोल के पी जाना कितने है। बनते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस स्टैंड ठीक है इनमें बार बार जो है ना सवाल आ रहे होते हैं यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि आई फर एस नाइन पे सवाल ना हो आईफर शेयर बेस पेमेंट पे सवाल ना हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे सवाल ना हो इम्पॉसिबल सी बात है पे सवाल ना ना कहीं कहीं जो है वो, टच so, है। वो करेगा। सही शेयर बेस पेमेंट पहली मरतब आ रही है तो उसकी चांसेज कम्पेरेटिवली ब्राइटर है, सही है? IFRS 15 revenue वैसे भी नया standard है controversial भी है। लीजेस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टैंडर्ड है इंपेयरमेंट हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है प्रोविजन वाला स्टैंडर्ड हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए